नमस्कार देवी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वेबिनार में एक ऐसा ऑनलाइन सेशन जिसमें आपको बहुत बहुत अमेजिंग पावरफुल नॉलेज पावरफुल कॉन्सेप्ट और आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जस्ट सो तो दैट हम और अच्छे से डिस्कशन कर सके सो दोस्तों आज का ये जो सेशन है लगभग पैंतालीस मिनट का तो होने वाला है और इस पैतालीस मिनट में आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलेगी बहुत सारा यू you नो know, एक ऐसा पावरफुल सिस्टम आपको पता लगेगा जिसमें आपको उन सवालों सवाल जवाब होंगे जो कहते हैं कि भैया इंटरनेट पे हम देख रहे हैं इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं हम कैसे काम हमें ये बोलता है ना सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मेक श्योर की आप एंड तक इस सेशन को अटेंड करो लास्ट तक रुकोगे तभी नॉलेज मिलेगी तभी सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे तभी बातें प्रॉपरली समझ में आएंगी सो so, अगर टाइम लगा ही रहे हो तो फिर प्रॉपरली लगाओ अगर पैंतालीस मिनट जितना सब्र नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगा पहली सेशन लीव कर दीजिए बिकॉज इस सेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से ये सिखाने वाला हूं कैसे आप पचहत्तर हजार एक लाख डेढ़ लाख से कहीं ज्यादा रुपया हर महीने का अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया और अपने मोबाइल फोन का यूज करके दोस्तों तो मेरा नाम है रोहित शर्मा और ऑलरेडी मैं पिछले कई सालों से बिजनेस में हूँ जिसमे की सिर्फ अगर पिछले पांच साल की बात करूँ तो आठ करोड़ से ज्यादा का बिजनेस क्रिएट किया तीस से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया पांच सौ लाइव वर्कशॉप और तीन से ज्यादा लाइव वेबिनार्स मैनेज किए इसका मतलब यह कि आज आपको जो भी नॉलेज मिलने वाली है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाला है मैं जिसमें चार पांच यूट्यूबिवेशनल ज्ञान लेने लग गया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसके थ्रू मैंने कामयाबी हासिल की और हजारों लोगों की हेल्प की है टू गेन सम अचीवमेंट एंड एम को फाउंडर ऑफ इंडिया लार्जेस्ट यानी इंडिया की सबसे बड़ी एथलेट ऑनप्र कम्युनिटी का जिसका नाम है बिज गुरुकुल स्टार्टिंग साल के अंदर ही इतना हिंदुस्तान के अंदर लेकिन ये जो सेशन है और जो पूरा सिस्टम है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये केवल उन लोगों के लिए है जो एक्शन टे करें आप देखो आप अगर सिर्फ नॉलेज और ज्ञान लेने का माइंड सेट से आए हो तो कोई फायदा नहीं है आप वेबिनार अभिलीव कर दो लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं जो नॉलेज पे काम करने में बिलीव करते हैं ये सेशन आपके लिए है एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रेडी टू इन्वेस्ट इन योर लर्निंग ओके पे काम करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपको देनी पड़ेगी लेकिन अगर आप सीखने के लिए भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है और ये सेशन क्या दोस्त, कहीं मत जाना ये सोचने के लिए कि बस मैं फ्री का ज्ञान ले लूँ और फ्री में कुछ मिल जाए मुझे और बिना एक भी रुपये इन्वेस्ट के और मैं लाखों रुपये कमा लूँ ये पॉसिबल नहीं है दोस्त जब तक आप कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं है अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करने के लिए और मेहनत करने के लिए तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते ठीक है लेकिन ऐसे चिंता मत करो मैं आपसे कोई भारी भरकर में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करने वाला हूँ कि आपको लाखों करोड़ों रुपए देने में ऑब्वियसली नॉट एट ऑल मतलब जितने का आप एक मोबाइल फोन लेते हो कम अमाउंट में आप उसी मोबाइल फोन से बहुत सारा पैसा भी कमाना सीख सकते हो कुछ ऐसी स्किल सीख के जो तो पूरी लाइफ लॉन्ग काम तो ये सेशन आपकी हेल्प करेगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने में और एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करने में जिसकी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है नंबर टू अगर आप एक ऑलरेडी एम्प्लॉय तो नाइन टू फाइव की राइट से बाहर निकल के ये सेशन आपकी हेल्प करेगा कि आप अपने लिए कुछ काम कर पाएंगे आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा जिससे आप अपनी ड्रीम इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए खुद के बॉच बन सकते हैं अगर आप एक ऑन्ट्रप्रनर हैं, या बनना चाह रहे हैं बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये सेशन आपको एक ऐसा आइडिया भी प्रोवाइड करेगा जिसको यूज करके आप अपने लिए फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं अलोंग अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहती हैं, या फिर अपने स्पेयर टाइम को यूटिलाइज करना चाहती है ये सेशन आपको वो सारी बातें सिखाएगा जिसके थ्रू आप घर पर बैठ के अपने मोबाइल फोन का यूज करके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी बहुत अच्छी इनकम अपने लिए क्रिएट कर सकती है कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जैसे भी आपको अगर हम बात करें वर्किंग प्रोफेशनल जैसे जो से के जो दस महीने में ऊपर like की इनकम खर्च काम करते हुए कैसे किया इन लोगों ने सारी चीजें मैं आपका सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा रिवील करने वाला आपके सामने जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे वो ये क्या कारण है कि आप अभी तक इंटरनेट से पैसा नहीं कमा पाए और कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरनेट पे काम तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते उसके पीछे कारण पता है क्या नंबर एक फ्री का ज्ञान फ्री के ज्ञान के पीछे भागते हैं वो सच बताना खुद से पूछना कई बार आपने नी फ्री में यूट्यूब पे डाल दिया बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं इस तरह की चीज अक्सर सर्च करते हैं क्योंकि मुझे लगता है पैसा ना खर्च करना पड़े नॉलेज मिल जाए उसमें कोई बुराई नहीं है गूगल यूट्यूब पे फ्री का कॉन्टेंट बहुत सारा है बहुत अच्छा कॉन्टेंट है लेकिन उसके दो प्रॉब्लम है नंबर एक आपको रेलिवेंट और स्ट्रक्चर नॉलेज एक जगह पे नहीं मिलती है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ढूंढने के लिए उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो नॉलेज है वो एक्चुअली ऑथेंटिक है या नहीं बिकॉज कोई भी जो क्रिएटर होता है वो अपना सारा प्रीमियम कॉन्टेंट यूट्यूब पर फ्री में तो डालेगा नहीं क्यों डालेगा आप लॉजिकली सोचो अगर आप इतने साल मेहनत करके कोई चीज बनाते तो, आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो क्या आप सारी की सारी फ्रीम सिखा सकते हो इंटरनेट पर ऑब्वियसली नॉट और फ्री की चीज की हम वैल्यू नहीं करते इसलिए ज्ञान के पीछे मत भागना क्योंकि वो सारा अनस्ट्रक्चर नॉलेज एक्चुअली हमें कंफ्यूज कर देता है है ना इतनी सारी नॉलेज मिल जाती है अब सोचते हैं हम क्या करें नंबर टू आराम की कमाई की अगर आदत है दो दोस्त अभी के अभी हटा दो बिकॉज बिना काम किए कुछ नहीं मिलता लोग ये फ्री की नॉलेज लेते हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं फिर बैठते हैं और सोचते हैं अब इस नॉलेज को मैं इंप्लीमेंट करूं और रातों रात मेरे पास पैसा हाँ आ जाए, मतलब आज मैं कुछ स्टार्ट करूं, कल मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई एक्शन प्लान नहीं होता उनके पास कोई एक्जीक्यूशन स्ट्रेटजी नहीं होती क्योंकि ये चीजें तो यूट्यूब में नहीं मिलती है एंड नंबर थ्री सुपरमैन बनने की बीमारी लग जाती लगता है सारा काम मैं खुद कर लूंगा यूट्यूब पर मैंने बहुत सीख लिया इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सीख लिया अच्छे अच्छे इन्फ्लेंस फॉलो कर रखे मैंने हर हफ्ते उनके लाइव सेशन अटेंड करता हूँ हर हफ्ते उनकी फ्री वेबिनार में जाता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसके बाद रिजल्ट क्या जीरो क्यों? क्योंकि मेंटरशिप तो ली नहीं ना सारा काम अकेले करने की कोशिश करते हैं नहीं पता किस डायरेक्शन में टाइम क्यों? so बचाती है और आपको फेल होने से रोकती है क्योंकि आपकी गलतियां बचा देती है ये तीनों चीजें अभी, अभी हटा दे अपनी ज्ञान के पीछे ना भागे आराम की कमाई के पीछे ना करें मेहनत करने को रेडी रहे एंड लुक फॉर मेंटरशि जो प्रूवन इकोसिस्टम सिस्टम में आपको देने वाला हूँ इसमें आपको तीनों चीजें मिलने वाली हैं आपको वो नेसेसरी स्किल्स मिलेंगी जो रिक्वायर्ड हैं आज इंटरनेट पे खुद का बिजनेस करने के लिए एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए इंटरनेट से किसी भी तरह से पैसा कमाने के लिए नंबर टू आपको वो सही डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जिन पर स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत सारे कोर्सेस परचेज कर लेते हैं स्किल्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसको इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिलेगा एंड नंबर थ्री आपको उस पर एक्शन जब आप लेंगे तो तो प्रॉपर एंड गाइडेंस भी मिलेगी। ये क्युं ये ये इकोसिस्टम क्यों हैं? क्योंकि ऑलरेडी हजारों लोगों के लिए रिजल्ट्स क्रिएट कर चुका है। है, तीन रिजल्ट आपने देखे। कुछ और मैं आपसे इस इस सिस्टम सिस्टम में में डिस्कस आपको मिलता क्या जिससे आप ये तीनों चीजें कोई अपना जिंदगी कमिट करने की जरूरत नहीं है आपको कि नौकरी वोकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है आप जो कर रहे हैं उसके साथ भी आप पार्ट टाइम में इस काम को कर सकते हैं और ये प्रोसेस है एप्लीट मार्केटिंग एफिलेट मार्केटिंग आज ज्यादा तो लोग जानते हैं इंटरनेट पे इतना ज्यादा पॉपुलर है यू you नो know, जिसमें बहुत सिंपल सा तरीका होता है पे हम दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करके ग्रो कर सकते हैं राइट यही होता है एज एन एफिलियेट आप किसी मर्चेंट ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट को इंटरनेट पर प्रमोट करते हैं कोई कस्टमर उसे परचेज करता है आपको उस पर कमीशन मिलता है इस पैंडमिक के दौरान पिछले साल और इस साल जब से कोरोना हुआ है सबसे ज्यादा ग्रोथ जो आई है वो एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई है क्योंकि ज्यादातर लोग घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं और एफिलेट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इसका सोल्यूशन लोगों को देती आ रही है करोड़ों लोग हर महीने मार्केटिंग के साथ हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। क्या है उसके पीछे इतना सिंपल सा कुछ शानदार उतना कमा सकते हैं बशरते आप उतनी मेहनत करने को रेडी हो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है जहाँ कन्वेंशन बिजनेस में इंसान लाखों रुपए लगाता है उसके बाद दुकान खोलता है फैक्ट्री डालता है खूब सारे ताम झाम करता है और उसके बाद इतना सारा रिस्क और टेंशन लेने के बाद 10% 20 30% तक मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाता है और आजकल तो उसका भी कोई भरोसा नहीं कब दुकान बंद हो जाए क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है लेकिन अगर आप एफिलियट मार्केटिंग की बात करें तो आज के जमाने में प्रॉफिट ही स्टार्ट होता है आपका 30 40 50% और अगर आप इस सेशन में रुकते हैं तो मैं आपको एंड में एक ऐसा भी प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप सेवेंटी तक कमीशन क्रिएट कर सकते हैं ओके, okay, so सो क्यों? कोई, कोई, कोई नहीं देखता आपके अंदर क्या ऑलरेडी कितनी आपने डिग्रिया की है नॉट एट ऑल यहाँ पे बस दो चीजें रिक्वायर्ड है एक आप नया सीखने के लिए रेडी है या नहीं एंड नंबर टू आप उस पर मेहनत करने को रेडी है या नहीं नंबर थ्री स्टार्ट करना मैंने आपको बोला बहुत आसान है क्योंकि आप खुद का कोई ब्रांड नहीं बना रहे हो कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे हो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो ऑलरेडी किसी ने किए आपको प्रमोट करते हो लेस्ट करना होता है कैन बी नॉन ओनली विद मोबाइल फोन आपके पास एक मोबाइल फोन है आप उसे हर जगह लेके जाते हो इसका मतलब है आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी है आप कहीं से भी काम कर सकते हो कोई ऑफिस नहीं खोलना आपको इसके लिए आपके मोबाइल फोन से ये काम हो सकता है जहां जहां आप मोबाइल फोन लेके जा सकते हो वहां आप ये काम कर सकते हो अच्छा जब आप काम नहीं कर रहे तब क्या क्या पैसा रुक जाता है नहीं क्यों क्योंकि ट्वेंटी फोर सेवन है इंटरनेट तो हर टाइम चल रहा है तो आपने कोई इंटरनेट पे कंटेंट शेयर किया हुआ है, आप सो रहे हो कोई इंसान जा रहा है आपका कंटेंट देख रहा है, वहां से कर रहा है तो टारगेट और टाइम लिमिट्स आप खुद के बॉस है आप कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं वो सब आपके ऊपर है कोई आपसे नहीं पूछने वाला की आप पिछले सात दिन ऐश क्यू कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ पे खुद के बॉस है और ये सारे फायदे के बावजूद सबसे बड़ा फायदा रिस्क फ्री है ये टोटली रिसेशन प्रूफ है ये टोटली totally. इस टाइम पे जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है उस टाइम पे एफिलेट मार्केटिंग ग्रो कर रहा है करना क्या है इस बिजनेस के लिए तीन चीजें चाहे एफिलेट मार्केटिंग हो चाहे ऑनलाइन कोई भी काम करना हो आपको तीन चीजें सीखनी है नंबर एक ट्रस्ट कैसे गेन करना है कस्टमर का और उसके लिए आपको इंटरनेट पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे आना है और सोशल मीडिया पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी यानी लोग आपको जाने कैसे हो गई इसके लिए आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं फॉर एग्जांपल कोई आप अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं वेबसाइट आप अपनी बना सकते हैं आजकल पॉडकास्ट का जमाना है पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन जो सबसे फास्ट इफेक्टिव और पावरफुल तरीका है वो है वीडियोस यस वीडियोज आपको तो भी बताया आप अगर आज इंटरनेट ओपन करते हैं तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं वो है वीडियो तो सही बोला ना मैंने और मैं भी जानता हूँ बनाना चाहते हैं स्मल आई ना यस लेकिन जैसे ही वीडियो बनाने की बात आती है ऐसा लगता है सांप सुंग क्योंकि वीडियो बनाने से डर लगता है समझ नहीं आता कैमरा फेस करूंगा तो क्या बोल पाऊंगा वैसे चबड़ चबड़ कर लेता हूं मैं लेकिन जैसी कैमरा खुलता है मेरी बोलती बंद हो जाती है मुझे सांप सुंग जाता है आई नो ये सारी चीज आपके साथ होती है मेरे साथ भी होती है बट डोंट वरी सोल्यशन दूंगा लेकिन एक चीज के लिए कमेटेड रहना दोस्त समझो इस बात को वीडियो सबसे पावरफुल तरीका है आप जब यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल गुरु की वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद आप देखते हैं उन्होंने को अच्छा सा प्रोडक्ट रिव्यू किया और आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो आप उनके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां से जाकर उसमें कमीशन मिलता है दट इज देर अफिलियट लिंक राइट ना तो वीडियो के थ्रू ये हो पाया क्यों हो पाया क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हैं क्यों ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो रेगुलरली कॉन्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं वैल्यू कॉन्टेंट सुनते ना आप सारे इन्फ्लुंसर बोलते हैं वैल्यू दो वैल्यू दो वैल्यू so कंटेंट आपको देनाटेजी उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे बनानेट आप लेकिन आपको ऐसा भी प्रोसेस बताऊंगा आप मात्र पंद्रह मिनट के अंदर ही आप अपनी पहली वीडियो बना सकते हो और आपका वीडियो को कैमरा को फेस करने का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा सो so वीडियो बनाना आपको स्टार्ट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखें आप ट्रस्ट करें नंबर टू क्या केवल वीडियो बनाने से कम चल जाएगा नहीं हम चाहते हैं ज्यादा लोग उसको देखें तो हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा या ज्यादा लोगों को हमारे कंटेंट में लाना पड़ेगा जिसके लिए होता है प्रोसेस लीड जनरेशन का जिसके दो तरीके हैं या तो आप पैसा लगा के एड रन कर सकते हो इंस्टा एड फेसबुक एड गूगल यूट्यूब बहुत सारे होते हैं दूसरा बिना पैसा लगाए भी आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगी लेकिन आपका पैसा फिर भी बच सकता है तो इनिशियली आप ऑर्गेनिकली करो बाद में थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो एड्स में जिससे आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी तो हम आपको ऑर्गेनिक अन ऑर्गेनिक दोनों तरीके से खाएंगे ऐसे तरीके भी बताएंगे जिससे बिना एक दो रुपया खर्च किए रोज के साठ से सौ आप इजिली क्रिएट कर पाओगे क्या हर लीड आपसे परचेज कर लेगी कुछ ना कुछ हर कोई आपका कस्टमर बनेगा नहीं शुरुआत में केवल तीन परसेंट लोग आपसे परचेज करेंगे बाकी नाइनटी सेवन परसेंट कुछ दिन के बाद आएंगे उसमें भी सारे नहीं आएंगे बट कुछ उसमें से मान लो बीस या तीस परसेंट और आपकी सेल्स कन्वर्ट हो सकती है फॉलोअप से यानी उनको पहली बार में ट्रस्ट नहीं हुआ बट जब आप रेगुलरली करोगे तो उनको धीरे धीरे वो ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए रेगुलर दो तरीके हैं या तो आप अगेन पेड ऑप्शन आप चूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग पे जा सकते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग में जा सकते हो दूसरा तरीका आप चैटबॉर्ड मार्केटिंग पे जा सकते हो इनऑर्गैनिकली आप करना चाहते हो आप रेगुलर कॉन्टेंट पोस्ट करो स्टोरीज ब्रॉडकास्ट आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो लाइव सेशन अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो लोगों को वैल्यू दो तो फॉलोअप भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो ये तीन चीजें आपको करनी ठीक है कंटेंट पोस्ट करना है जिससे ट्रस्ट गेन हो आपकी ब्रांडिंग हो लीड जनरेट करनी है जिससे ज्यादा लोग कन्वर्ट हो सके एंड फॉलोअप करना है जिससे आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़े ये तीन चीजें आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर लो उसकी तीन बेसिक पिलर हैं ये तीनों करने ही करने पड़ेंगे अदरवाइज कामयाबी नहीं मिल सकती तो दो रास्ते हैं इसके नंबर एक या तो जैसे आप अभी करते आए थे आप इन तीनों चीजों पे फिर वही अकेले काम करो फ्री का ज्ञान लेने के लिए यूट्यूब पे जाओ और फिर उसके बाद खूब अपना कोशिशें करते रहो कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आप ये पाएंगे कि भाई जिसने ऑलरेडी किया हुआ है अगर उससे सीखने को मिल जाए तो ये तो ज्यादा बेटर है है ना तो आपको मैं अपना सिस्टम ऑफर कर रहा हूँ जिसमें आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलेगी ऐसे लोगों की जो ऑलरेडी एफिलियेट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और यह सिस्टम आपको मिलेगा बिज गुरुगुल के अंदर बिज गुरुकुल ने मैंने आपको पहले भी बताया इंडिया की सबसे बड़ी एफिलियट ऑन्टरप्रीनर कम्युनिटी है पैंतीस से ज्यादा अभी मुझे इससे सेशन से पहली अपडेट मिली अब तो चालीस से ज्यादा स्टूडेंट्स एंडियेट हमारे साथ अनोल हो चुके हैं हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ऑंट्रपिनरशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है एक लाख से ज्यादा कमाने वाले हमारे यहाँ एक हजार से भी ज्यादा फिर पचास हजार से ज्यादा कमाने वाले सॉरी एक लाख से ज्यादा वाले सौ पचास हजार से ज्यादा वाले एक हजार एंड दस बीस तीस चालीस ऐसे हजार कमाने वाले तो लोगों की कोई गिनती नहीं है इतनी ज्यादा नंबर है यहाँ पे नौ करोड़ से ज्यादा का कमीशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पिछले बारह महीने में तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा ग्रोथ हमारे साथ लोग ले पा रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि हम बहुत अच्छी एजुकेशन उनको ऑफर कर रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं मीडिया भी हमें फीचर कर रहा है चाहे वो एफएम हो चाहे ऑनलाइन मीडिया हाउसेस हो बड़े नाम हो जैसे मिड डे बिजनेस स्टैंडर्ड्स इन्होंने भी हमारी स्टोरी को कवर किया तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों लोग कितने से रिजल्ट आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं ऐसे कोर्सेज और ट्रेनिंग जिससे वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सके और एफिलियेट मार्केटर बन सके जैसे गोल्ड पैकेज तो हमने ये जो कोर्सेज है ना इनको तीन कटेगरी में डिवाइड की है, होने वाले, होने वाले. So, एक, Now, कोर्स ही वो पावरफुल सोल्यूशन आपके लिए जो मैं बता रहा हूं जैसे मात्र पहले पंद्रह मिनट के अंदर वीडियो बनाने का डर आपका निकल जाएगा आप अपनी पहली वीडियो बना चुके होंगे और उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी वीडियो बना पाएंगे क्योंकि एक तो डर निकल गया दूसरा आपको कंटेंट बनाने भी इसके अंदर आ जाएगा कि वीडियोस के लिए एक्चुअली कंटेंट कैसे बनाते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं होता यार कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू कंटेंट क्रिएट किया जाता है ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाते हैं उनके पास ये सारे तरीके होते हैं ठीक है तो वो कोई वो सुपर ह्यूमन नहीं है आप भी उन उनकी तरह और उनसे भी अच्छी वीडियोस बना सकते हो अगर आपके पास ये फॉर्मुले हो जो कि आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहे हैं रिकॉर्ड कैसे करना है एडिट कैसे करना है मोनेटाइज कैसे करना है वीडियो से पैसा कैसा कमाना है सब सिखाएंगे जैसे हर्ष ने सीखा वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो इनको करो स्टार्टअप नाम के एक पेज से ऑफर आ गया उनके लिए वीडियो बनाते हो उसके लिए पैसा मिलता है गीतिका वाटे हैं कानपुर से उन्होंने जब कॉन्टेंट बनाना शुरू किया तो इनको ब्रांड डील्स मिलने लगी कई लोग मोटिवेशन स्पीकर बने आज अपने सेशन के पांच पांच रुपए लेते वो भी ऑनलाइन वेबिनार के वैसे ढेरपल है हमारे पास हजारों वीडियो तो बन चुके। नंबर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एक सदी की सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल। तो आप गूगल आप प्राइस चेक कर सकते हो सीखने के लिए जाओगे तो पैंतीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेकिन इस को सीखने के बाद अगर केवल वेबसाइट भी बनाने लग जाओ ना दूसरों के लिए आराम से 35 चालीस हजार रुपए महीने का कमा सकते हो केवल वेबसाइट वेबसाइट क्रिएट करके जो मैं आपको पे सिखा रहे हैं उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग एड नो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग की जो भी ब्रांचे है ई मार्केटिंग वेब इनडेस सब कुछ आप इसमें सीखोगे देखो लॉजिकली स्वच्छ इस टाइम पर हर एक बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है जो लोग के बिजनेस ऑफलाइन थे ना वो भी आज ऑनलाइन आ रहे हैं उन्हें जरूरत है अच्छे डिजिटल मार्केटर्स की उन्हें जरूरत है अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर्स की ईमेल की इस कोर्स को सीख के आप चाहे खुद का बिजनेस लॉन्च कर लो एजेंसी लॉन्च कर लो जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने की आप फ्रीलाइंसर बनकर भी काम कर सकते हो या फिर आप एज एन एफिलेट मार्केटिंग एज एन एफिलेट मार्केटर भी इन स्किल्स को यूज करके ग्रो कर सकते हो एक स्टोरी आपको बताता हूँ देवराज की पहले जॉब करते थे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखा, अपनी एजेंसी खुद की लॉन्च कर दी और जॉब से कहीं ज्यादा दूसरों की वेबसाइट क्रिएट करके इनको पहला ही प्रोजेक्ट मिला वो भी लंदन से सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का ठीक है और ऐसे बहुत सारे बहुत सारे हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है इंस्टाग्राम मास्टर देखो इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप है जो हमें हर कोई यूज करता है और हर किसी की फेवरेट ऐप भी है राइट लेकिन अब एक्चुअली उस इंस्टाग्राम की ऐप से आप अपने लिए फायदा क्या ले सकते हो एंटरटेनमेंट के अलावा कैसे ग्रो कर सकते हो ब्रांड कैसे बना सकते हो फॉलोअर्स कैसे गेन कर सकते हो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा नंबर मार्केटिंग चैटबॉट पिछले साल मेरे एक दोस्त ने कुछ लोगों की हेल्प की चैटबॉट सर्विसेज देके ठीक है एनी टारगेटेड नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं उनको टारगेट किया कि उनको चैट की सर्विस दें कि वो अपना बिजनेस बढ़ा पाए और इस वजह से मेरे दोस्त ने नब्बे लाख रुपए कमाया सिर्फ चैटबॉर्ड की सर्विस देखे जो आप मात्र हमारे कोर्स में मात्र छह वीडियोज के अंदर सीख सकते और उसे आप ऑब्वियसली आप भी लाख रुपए अन कर सकते हैं। एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखो आप कुछ भी काम करो अच्छी पर्सनलिटी तो चाहिए यार अच्छा ड्रेसअप अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा सोचना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपको इस स्कोर्स के अंदर सीखने को मिलेंगी जैसे आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन क्योंकि हमारी सारी बातचीत सारा बिजनेस सारे काम सोशल मीडिया पे होते हैं लेकिन नाइनटी लोग इंडिया के सेम गलती करते हैं वो ये कि वो पहला मैसेज भेजते हैं हाई या हेलो और इग्नोर कर दिए जाते हैं क्योंकि किसी भी पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके हाय हेलो फिर हाँ जी आप कैसे हो घर में सब कैसे हैं इन सब बातों में अपना फालतू टाइम वेस्ट करें ऑब्वियसली नॉट इसलिए लोग आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है आप हाय हेलो के साथ भेजें कि आप कौन है अपना इंट्रोडक्शन भेजें फिर भेजें कि आपको उनसे काम क्या हो और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं सीधी सी बात प्रॉपर एक बार में मैसेज भेजोगे आपका भी टाइम बचेगा उसका भी टाइम बचेगा काम आसान हो जाएगा आप कल इट इज रिप्लाई आएगा इग्नोर नहीं वैसे एक नहीं बहुत सारी गलतियां जो आप कर रहे हो और कैसे आप सोशल मीडिया पे अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो वो आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा मेंटल लेवल पे आप सीखेंगे और ज्यादा कैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं तो जो हमारे कोर्सेज हिंदी में उसमें आपको इंग्लिश सबटाइटल मिलेगा इंग्लिश वालों में भी हम हिंदी बहुत जल्दी ऐड करवा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टरी देखिए आज के टाइम पे इंग्लिश सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत जरूरी है आप सब जानते हैं ना अच्छी जॉब मिलती है या जॉब नहीं मिलती है या आज के टाइम पे इंग्लिश आपकी कैसी है कम्युनिकेशन वर्बल और रिटर्न इस पर डिपेंड करता है कि इससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं छह कोर्सेज लाइव है चार हम आपके लिए बहुत जल्दी एड कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना सीखेंगे मनी सक्सर में आप सीखेंगे कैसे की ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज बहुत अमीर बन रहे हैं वो ज्यादा पैसा कैसे अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में कैसे वो ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ऐसे सक्सेस आपको सीक्रेट जो है वो पता लग जाएंगे प्रोडक्टिविटी मास्टर में आप ये सीखेंगे कैसे आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं ज्यादा काम कर सकते हैं रेफरेंस मार्केटिंग में आप सीखेंगे कैसे आप अपने बिजनेस को रेफरेंस के थ्रू ग्रो कर सकते हैं दस कोर्स का बंडल है गोल्ड पैकेज जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं इसके साथ तो आपको पूरी लाइफ टाइम काम एक्सेस देंगे आपको एक बार एनरोल करना है पूरी जिंदगी भर के लिए आप कोर्सेज पढ़ सकते हो हर कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप कोर्स कंप्लीट कीजिए ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाके टेस्ट दीजिए पास होते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा फेल होते हैं तो भी कोई बात नहीं सात दिन के बाद आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं यानी आप जेनुअनली पढ़ेंगे तो ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा बिकॉज वी वैल्यू एजुकेशन राइट पूरे पैकेज की कॉस्ट वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या आप नो uh, no, कम अमाउंट में ज़्यादा से ज्यादा चीजें ग्रैब कर सके जीएसटी ये मोटा मोटा बोलू तो हम मात्र तीन हजार रुपये दे रहे हैं इसके लिए बाकी पैसा तो सरकार को जा रहा है तो पैतीस सौ रुपये में आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए पूरी फैमिली के लिए ये कोर्सेज मिल रहे राइट अब इससे आप चाहे अपनी एजेंसी खोलो चाहे एफिलेट मार्केटिंग करो चाहे फ्रीलांसिंग वे में आप काम करो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो लेट्स से आपके भाई इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं आप वीडियोस बनाने सीखना चाहते हो सिस्टर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है कितनी सारी चीज आप इससे सीख सकते हैं राइट साथ में मैं आपको पांच बोनस भी देंगे बोनस क्या है तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ पहले सेकंड पैकेज की बात करते हैं सफायर सफायर जो हमारा एक कॉम्बो है ये टोटली लीड जनरेशन बेस्ड और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। फॉर एग्जांपल पहला है एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड। इसमें आप एडवांस लेवल के सीक्रेट्स और टेक्निक सीखेंगे इंस्टाग्राम एप्स से रिलेटेड जो केवल बड़े बड़े इंफ्लुएंसर को मालूम होती है ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज उसके अलावा आप इसमें इंस्टाग्राम एड्स रन करना और बिजनेस को कैसे बूस्ट करना इंस्टाग्राम एड से वो सीखेंगे दूसरा फेसबुक ऐड से आप सीखेंगे देखो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को फेसबुक एड्स रन करने की क्योंकि सबको अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना है ट्रेनर्स हैं कोचेस हैं जिम ओनर्स हैं होटल वाले हैं और पता नहीं कौन कौन है अरे सबको आज ऐड रन करने है एड रन होते हैं फेसबुक के थ्रू तो, तो फेसबुक एड्स मास्टर माइंड आप स्पोर्ट्स में फेसबुक एड्स कैसे रन करने आप दूसरों को ये सर्विसेस देना सीख पाएंगे और उससे आप ग्रो कर पाएंगे अर्न कर पाएंगे YouTube पे भैया आज हर कोई चाहता है कि मेरे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स और लाखों करोड़ों व्यूज आए भी पैसा कमाऊ तो so कैसे करना है वो सारी की सारी चीजें आप YouTube मास्टरमाइंड कोर्स में सीखेंगे Google Ads मास्टर में आप भी सीखेंगे कैसे आप Google Ads रन करना सीख सकते हैं आप उसकी दूसरों को दें चाहे आप अपने लिए यूज करें चार कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है चार कोर्सेज हम आपके लिए एड करने वाले एमएसएक्सएल वर्ड पार पॉइंट एंड ई मार्केटिंग एज वेल एडवांस ई मेल मार्केटिंग कांटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है यूना आज ई मार्केटिंग सर्विसेज की लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट है उससे उसी के लिए ही लोग पचास हजार एक लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं तो आप फ्रीलांसर भी भी ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हैं आठ कोर्सेज हम आपके लिए लॉन्च करेंगे इसमें साथ में दस कोर्स आपको गोल्ड के फ्री देंगे एनरोल करते हो तो आप एक बार पे करोगे केवल फाइव इंक्लूडिंग जीएसटी और उसमें आपको अट्ठारह कोर्सेज मिलेंगे दस कोर्स गोल्ड के एंड आठ कोर्स सफायर आगे चलते हैं तीसरे पैकेज से पहले पांच बोनस भी हम आपको मिलेंगे ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरे पैकेज की बात करते हैं प्लेटिनम हमारा एडवांस पैकेज है प्लेटिनम के अंदर आपको पहला कोर्स मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग आज के टाइम पे अगर आप किसी से भी कोई भी बात करते हैं राइट वो भी पब्लिक स्पीकिंग है, ना? है मतलब नहीं कि आप सामने सौ लोग हैं वही है लेकिन आपको भी पता है अगर ऐसे अच्छे वेबिनार देने अच्छी वीडियोज बनानी है या तो ऑफिस में अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है ऑनलाइन क्लासेस में कॉलेज में अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो यार पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन अच्छी तो करनी पड़ेगी तो ये कोर्स आपको एक स्पीकर बनाएगा कॉन्टेंट क्रिएट करना सिखाएगा अच्छे स्पीकर्स का थॉट पैटर्न सिखाएगा और इसको यूज करके आप अपने कॉलेज जॉब ऑफिस बिजनेस हर जगह पे आप ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा हमने आपके लिए नए कोर्स लॉन्च किए हैं कंटेंट राइटिंग आप भी जानते हो दोस्त आज के टाइम पे अच्छा यू नो को अच्छा वेबसाइट बनानी है ब्लॉग लिखना है वीडियो क्लिक फॉर्न में बनाना है राइट right? तो इसके थ्रू आप जानते हैं सोशल मीडिया पर आपके टाइम पे तो आप कॉन्टेंट राइटिंग ऐसी कॉन्टेंट राइटिंग में मिलेंगे और सारे सीक्रेट आपको इसके पता लग जाएंगे आप इसके थ्रू एज ए फ्रीलाइंसर ऑफिस की काम कर सकते हैं कॉपी राइटिंग आज के टाइम पे आप फेसबुक एड बनाए या किसी के लिए वेबसाइट बनाए नो you know, या फिर कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करें हर एक जगह पे कॉपी राइटिंग की जरूरत होती होती है एड्स आज तो नॉर्मल ऑनलाइन एड नहीं आप टीवी एड भी देखोगे वहां पे भी कॉपी राइटर ही इसको क्रिएट करते हैं तो कॉपी राइटिंग में आप सीख सकते हो लगभग 35 से 40 वीडियो का रिच कंटेंट आपको मिल रहा है जिससे आप बहुत स्ट्रांग कॉपी राइटर बन सकते हो साथ में हम आपको 10 कोर्सेज गोल्ड कॉम्बो के फ्री देंगे आठ कोर्सेज सफायर के फ्री देंगे यानी अगर आप प्लेटिनम से एनरोल करते हो तो टोटल तो ट्वेंटी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं एट अ कॉस्ट नॉट एफ टू लैक बट जस्ट डबल इंक्लूडिंग जीएसटी मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ चाहे हमारा गोल्ड पैकेज चाहे चाहे प्लैटिनम, आप तीनों की प्राइस मार्केट में कैलकुलेट करो आपको इस अमाउंट में इतने सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल ही नहीं सकता पॉसिबिल नहीं है हमारा रिकॉर्ड रहा है ठीक है साथ में हम आपको पांच बोनस भी देंगे बोनस की बात करते हैं नंबर एक अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगे और आप इससे पहले कि आप अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो कुछ और आप वो नहीं करना चाहते आप इन्हीं को भी प्रमोट करके अर्न करना चाहते हो नो प्रॉब्लम आप एज एन अफिलियट मार्केटर भी इन कोर्सेज को प्रमोट करके इनपे अर्न कर सकते हो कैसे करना है वो सब कुछ हम आपको अफिलियट ट्रेनिंग में सिखाएंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप, आप करो केवल लर्निंग के लिए ट्रेनिंग हम आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट दे रहे हैं 200 से ज्यादा घंटे का कंटेंट, 150 से ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस, जिसमें फिल्टर भी किया हमने आपके लिए ताकि आपका टाइम बचे इसमें आप प्रोफाइल बनाना सीखेंगे सोशल मीडिया पे काम करना सीखेंगे कंटेंट बनाना सीखेंगे आपको बोला था हर रोज की 60 से सौ लीजा आप फ्री में कैसे क्रिएट करते हो और सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर सीखोगे ज्यादा कन्वर्जन करना सीखोगे उसके अलावा हर हफ्ते हम आपको दो ट्रेनिंग वेबिनार्स भी ऑफर कर रहे हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस नंबर टू अगर आप सिक्स फिगर में अर्न करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उन लोगों से सीखे ना जो खुद सिक्स फिगर में अर्न कर रहे हैं लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं और ऐसे हमारे पास मैंने आपको बताया सौ से ज्यादा लोग हैं खुद के नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा जैसे धानु उन में मूवीज पढ़ और पढ़ाई सब तो ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ऑनलाइन बिजनेस बहुत ग्रो करेगा और आज ऑलमोस्ट एक लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमा रहे हैं निकी रॉय केवल उन्नीस साल की है सात लाख से ज्यादा की इनकम केवल पांच महीनों में अभी इन्होंने अपने घर पे पेरेंट्स को पैसा दिया घर बनाने के लिए घर को रेनोवेट करने के लिए सोचो so, 19 साल की एज में जहाँ पे बच्चे दूसरों से अपने पेरेंट्स है कपड़ों के लिए घूमने के लिए मोबाइल फोन के लिए पैसा मांगते हैं यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को पैसा घर बनाने के लिए है आप देख रहे हैं। में की और ढेरों ऐसे लोग हैं तो सबके बारे में मैं पे नहीं बता सकता टाइम लंबा खिच जाएगा लेकिन आप इनसे मिल सकते हैं हर सोमवार रात को आठ बजे जहां ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारी नॉलेज आप इनसे ले सकते हैं हर संडे हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हम हमारी बिजबुल फैमिली की लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं हम इक्लोदा ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो केवल डिजिटल स्किल्स पर नहीं बल्कि लोगों की ओवरऑल लाइफ को भी इंप्रूव करने पे काम करता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हाउ टू बी एन एफिशियंट डिसीजन मेकर डाइट का कैसे अपना ध्यान रखना है डी स्ट्रेस कैसे करना है ब्रांडीस कैसे लेनी है स्पिरिचुअलिटी पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक रिलेशन गोल सेटिंग इमोशनल वेलबींग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईमेलिट्स बहुत सारी ऐसी वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम हर संडे ट्रेनिंग्स करते हैं जो आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें यानी आप एक बार बिज गुरुकुल में आ गए आप आँख बंद करके निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का चाहे पैसा हो हेल्थ हो माइंडसेट हो बिजनेस हो ग्रोथ हो हर एक चीज का ध्यान रखा जाए और हर संडे ये आपको लाइफ टाइम के लिए ऑफर होता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन तीन ट्रेनिंग का ही इतना पावरफुल रिजल्ट है कि हमारे कस्टमर्स इतना अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं जैसे श्वेता है श्वेता खुद एच आर कंपनी में जॉब करती, कर, करती है लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी ट्रेनिंग इतनी पावरफुल है बिल्कुल की कि इनको यूज करके कोई भी यूथ कोई भी स्टूडेंट दस से पंद्रह लाख रुपए का पैकेज इजिली ले सकता है और हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसा कर भी चुके हैं रोहित नाम से एक पर्सन है इनकी भी वेबसाइट डिजाइनिंग की एजेंसी है छह महीने में सात लाख से ज्यादा का प्रॉफिट निकाल चुके हैं मीनल एम स्टूडेंट है प्रतीक्षा खुद एक फैकल्टी है और उनको हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बहुत पसंद है और ऐसे डेरो एग्जांपल्स बोनस नंबर चार आप इन एग्जांपल्स को लाइव विटनेस करना चाहते हैं तो जैसे ही आप एनरोल करेंगे हम आपको हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ऐड करेंगे जहां पे आप खुद लाइव ये सारे एग्जाम्पल्स इन लोगों से इंटरक्ट कर सकते हैं बिग फैमिली है बोनस नंबर फाइव अगर आप हमारे कोर्सेज प्रमोट करते हैं तो आपको उसमें हेल्प करने के लिए हम आपको ऐसे लाइव वेबिनार जो आप अटेंड कर रहे हैं ये ऑप्शन देते हैं साथ में हम आपको इनके रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि अगर आप किसी को बताना चाहे अपने को तो केवल इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, हैं so, है, या तो तो आप, है, so, आप पे कर रहे हैं स्किल्स के लिए देखो दोस्त सीखोगे नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे अक्सर लोग मुझे सर फ्री में नहीं हो सकता मैं मतलब आ जाता से नहीं समझाते दोस्त, फ्री में कैसे हो सकता है जब तक आपको बिजनेस करना सीखोगे ही नहीं आपको खुद ही नहीं पता कोर्स का है तो आप प्रोमोट क्या करोगे जितने सक्सेसफुलट मार्केटर्स है वो केवल वही प्रोडक्ट प्रोमोट करते हैं जो वो खुद यूज कर चुके हैं जिसको उनको ट्रस्ट होता है लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो तो फिर झूठी बात होगी वो हम आपको कतई नहीं करने देंगे तो आप आए पहले सीखें। बिना सीखे ग्रो करना पॉसिबल ही नहीं आप कॉलेज में जाके ये तो नहीं कहते जॉब लग जाएगी क्या पॉसिबल होता है नहीं ना तो यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपके लिए जिसमें रिस्क हो यहाँ पे आप जो भी पे कर रहे हैं वो कोर्स की फीस है वो भी इतनी कम उतने में तो मतलब आप आज एक बर्थडे पार्टी करो तो इससे ज्यादा रुपये खर्च हो जाता है ना मोबाइल फोन लो तो इससे ज्यादा रुपये खर्च हो करेक्ट ना लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लर्न करें बिजनेस करना आपके लिए फ्री है 57 से 70 तक आप इस पे कमशन कमा सकते हैं अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करें तो हर पैकेज की सेल पे आपको टू थाउजेंड रुपीज मिलेंगे सफायर से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लैटिनम पे फोर सफायर पर फोर गोल्ड पर टू इसके बारे में डिटेल में आपको जाना है तो आप उनको कॉन्टैक्ट करें जिनने आपको आप इन्वाइट किया जिनमें आपको, आपको इस सेशन का लिंक भेजा या इसके अकॉर्डिंग का लिंक आपको भेजा वो आपको इसके बारे में और डिटेल में गाइड करेंगे प्लैटिनम से अगर आप एनरोल करते हैं तो आपके यहाँ वीकली पेमेंट सिस्टम है उसका पैसा नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को मिलता है फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा एक महीना लगाया सीखा काम किया मेहनत की और आपने एक प्लेटिनम एक सफायर और एक गोल्ड सेल कर दी मानो तो आपकी इनकम होगी लगभग तेरह हजार रुपए तेरह हजार एक के लिए कितनी बड़ी बात होती है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है उसको बहुत सारा पेरेंट्स uh, के ऊपर से वो बर्डन कम कर सकता है और हमारे अपने लोग रियल लाइफ में रियल अर्निंग कर ही रहे हैं दो हजार चार हजार नौ हजार सारा पैसा व्हाइट इनकम मिल रहा है टीडीएस कट के आपको मिलता है एक और प्रूफ है वी आर लीगल कंपनी कि हम इसके ऊपर भारत सरकार को जीएसटी और टीडीएस दोनों पे कर रहे हैं जीएसटी ऑन द प्रोडक्ट एंड आपकी कमीशन पे टीडीएस जिससे आप खुद अभी से टैक्स पेयर बन जाते हो कितनी बड़ी बात है राइट एंड यस एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता आप जो कमाएंगे वो आपकी मेहनत से होगा मैंने आपको ये रिजल्ट दिखा है इसका मतलब ये कत ही नहीं है कि आप भी ऐसा ही रिजल्ट कमा लोगे और मैं ना किसी तो को कोई गारंटी दे रहा हूँ ना कोई बड़े क्लेम कर रहा हूँ शुरू से आपको कह रहा हूँ अगर आप आएंगे काम करेंगे सीखेंगे मेहनत करेंगे तो आप कमा सकते हैं नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कमाएंगे भैया बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा ये लोग इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि जो हम सिखा रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं आप करेंगे आप भी ग्रो हो सकते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे कॉलेज की फीस खुद भर पाएंगे लोगों की तरह गैजेट्स खरीद पाएंगे पेरेंट्स को टू व्हीलर गिफ्ट कर पाएंगे बहुत सारी चीजें इनफैक्ट सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बेस्ट पार्ट इज के हमारे यहाँ से लोग कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं अब जैसे परी दी है खुद अभी उन्नीस साल की है लेकिन एक बच्ची की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने गंधों पे ले रखी और एज एग्जाम्पल अगर आप इसको फुल टाइम करियर की तरह लेना चाहते हो मैं कहूंगा शुरू में बिल्कुल मत लेना क्योंकि शुरू में आपको टाइम लगेगा सीखने में ग्रो करने में एक स्टेबल इनकम पे आने में जैसे रितेश परिधि कुछ इनको छह सात महीने लगे लेकिन अगर उसके बाद इनके पास हफ्ते का चालीस हजार सत्तर हजार लाख भी आ रहा है तो आज ऑब्वियसली कैन थिंक ऑफ टेकिंग टाइम करियर सो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है ठीक है अर्निंग का ना चीज की हम बात करते हैं आपने एक बार अर्न किया सात ये तो हुआ है सत्तर कमीशन तक की बात अब बात आती है इसमें रिवॉर्ड कैसे आपको मिल सकता है सत्तर परसेंट से ज्यादा कैसे कमा सकते हो नंबर एक अगर आप मेहनत करते हो हम आपको ट्रिप ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा एंड इंटरनेशनल ट्रिप भी उसके अलावा अगर आप मेहनत करते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देते हैं फॉर योर कार जिसको वो फंड आपके लिए इकट्ठा होगा जिसको आप बाद में अपने लिए कार लेने के लिए यूज कर सकते हो कैसे करना है जब आप आओगे आपको उसके डिटेल पता लगेगी पैसा इनकम भी आप यहाँ से कमा सकते हैं सौ दो सौ चार की चिन्नी इनकम की मैं बात नहीं कर रहा दोस्त मैं हजारों रुपये की बात कर रहा हूँ पैसे इनकम मतलब ये नहीं होता कि बिना की पैसा मिले नहीं पैसे में इनकम का मतलब भी होता है आपने एक बार कुछ किया उसका पैसा आपको बार बार अगर मिले जो हमारे यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है कैसे आपने एनरोल किया और किसी को प्रोडक्ट प्रमोट किया उन्होंने गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया आपको टू थाउजेंड रुपीज का कमीशन मिला लेकिन वही पर्सन से उसका नाम है गौरव, गौरव ने गोल्ड पैकेज खरीदा आपको टू का कमीशन मिला लेकिन गौरव जैसे ही सफायर पे आप एनरोल करेगा एक महीने दो महीने कभी भी करे आपको उस पर फिर से कमीशन आएगा चार का जैसे ही वो कुछ दिन के बाद प्लेटिन में एनरोल करेगा आपको फिर से पैसा आएगा सात समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है एक ही कस्टमर है आपका जो आपके थ्रू बार बार परचे कर क्यों करेगा आपने तो एक बार उसको लिंक से कराया। अब वो जितनी बार खुद भी वेबसाइट परचेज करेगा ट्रांसफर कर करेगी क्योंकि उसने पहली बार भी आपके लिंक से परचेज किया राइट तो ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग एम एल एम इंडस्ट्री की तरह नहीं है वो अपने आप में अच्छी इंडस्ट्री है लेकिन ये उससे टोटली तो अलग है वहां पर क्या है गौरव ने राहुल को दिया राहुल ने सौरभ को दिया तो इन सबसे पैसा मिलता है वो चेन बन जाती है नेटवर्क बन जाता है नथिंग बैड अबाउट इट लेकिन ये उस पर सबसे इनकम आती है यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे क्या है गौरव है गौरव भी बार बार परचेज कर रहा है आपको उस पर पैसा मिल रहा है तो कोई चेन नेटवर्क टीम कुछ आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ओके मोविंग हॉन ये तो एक तरीका ऐसे कई और नए मॉडल हम आपके लिए लॉन्च करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना सा कि आपके पास आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए इंडिया के बाहर अभी हम प्रोमोट नहीं कर रहे हैं आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और कुछ बेसिक गवर्नमेंट द्वारा जो डॉमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास होने चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करें पैन कार्ड होना चाहिए और कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप दे सकते हैं ना इसमें क्या है कि भाई आपको आपके पास अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप एनरोल कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट अगर आप एफिलियट बनते हैं तो आपको इन चीजों की रिक्वयरमेंट होगी अगर आप नॉर्मल केवल आ रहे हैं स्टडी करना चाहते हैं पहले तो कीजिए आपको मन करे दो तीन हफ्ते के बाद एफिलेट बनने को तो आप तब भी एफिलेड बन सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है एफिलेट मतलब क्या है आप स्टूडेंट हुए तो बस आप प्रमोट करने लगे तो आप एफिलेट हो गए सीधी सी बात है प्रमोट नहीं कर रहे हो ना सही आप नॉर्मल स्टूडेंट रह सकते हो तो एनरोल करते टाइम आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आज ही अप्लाई कर दो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है एक दो हफ्ते में बन आ जाता है गूगल और यूट्यूब पे फ्री में पता लग जाएगा पैन कार्ड कैसे बनाते हैं इन चीजों के लिए यूज कर लो ठीक है तो आप पैन कार्ड के लिए आज ही अप्लाई कर दें और अगर इन केस आप अपना पैन कार्ड या कोई आईडी प्रूफ कुछ दिन में भी प्रोवाइड नहीं कर पाते नहीं बना पाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अपने पेरेंट्स के नाम पे एनरोल कर सकते हैं ठीक है उनके नाम पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें तो उनके अकाउंट में हम ये पैसा आपके लिए ट्रांसफर कर सकते हो तो सारी फैसिलिटी हैं दोस्त आपके पास यानी एनरोल करने से पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनरोल के टाइम पर कोई आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा है अब एनरोल कैसे करना है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया या तो लाइव वेबिनार में अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक भेजा है आप फटाफट उनसे कांटेक्ट करें उनके अलावा किसी से भी कांटेक्ट आप ना करें वो हमारी पॉलिसीज में नहीं ओके तो आप केवल उन्हीं से कांटेक्ट करें उनसे उनका एथलिएट लिंक मांगे उस लिंक पे जाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जिसमें जिनके थ्रू आप एनरोल कर रहे हैं ना जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा उसकी भी डिटेल्स होंगी वहाँ उनका नाम नंबर ईमिल आई डी वगैरह कुछ दो चार चीज आपको वहाँ दिखेंगी जिससे श्योरिटी हो जाएगी कि आप इन्हीं के साथ एनरोल कर रहे हैं गलती से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें कोई भी एफिलियट आपसे कहता है कि नहीं आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो मैं आपके लिए आईडी क्रिएट कर दूंगा मैं आपके लिए एनरोलमेंट कर दूंगा ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसके बाद ठीक है आपको हमने प्रोसेस बताया आपका एनरोलमेंट केवल एफिलियट लिंक के थ्रू ही होना चाहिए क्योंकि वही एक बैलेट प्रूफ है हमारे पास उसी का रिकॉर्ड हो सकता है उसके अलावा किसी चीज़ का तो इस प्रोसेस को फॉलो करें क्यों करना है वो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा मुझे दोबारा बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको गाइडेंस मेंटरशिप मिल रही है आपको सिखाने के लिए लोग मिल रहे हैं सपोर्ट मिल रहा है इतना तो बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का ऑप्शन मिल रहा है तो बस अब एक्शन लेकिन एक्शन लेने से पहले कुछ दो चार चीजों के डिस्कशन हो जाए जो अक्सर लोगों को रोक लेती है क्योंकि कई लोगों को डर लगता है वही लगता है कि मेरे पास तो कस्टमर्स ही नहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो रितेश की स्टोरी सुनिए जो आज लगभग अठारह लाख अभी कल परसों ही डेटा सुटाया है अब इनकी इनकम बीस लाख के ऊपर पहुंच चुकी है तो यहां पे हर रोज लोग अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं चौदह महीने के अंदर और ये जब शुरू में आए थे इनके पास भी कोई कस्टमर्स नहीं थे उन्होंने हमसे बोला मेरे व्हाट्सअप में सौ कॉन्टेक्ट हैं फोन में टोटल पांच के करीब रिश्तेदार दोस्त सब मिला के हैं मेरे पास नहीं है कस्टमर्स हमने बोला भाई उन पाँच लोगों को हटाओ ये बात मैं आपको भी बोलूंगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्योंकि वो तो आपके कस्टमर है ही नहीं भूल जाऊ उनको एक्चुअली आपके रियल कस्टमर्स हैं सोशल मीडिया पे अननोन लोग पचास करोड़ लोग हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इंडिया इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तो वेट कर रहे हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी का तो वो आपके रियल कस्टमर उनका कैसे पहुंचना वो सब हम आपको लीड जनरेशन और हमारी ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा रहे हैं तो रितेश ने उन ट्रेनिंग्स को फॉलो किया आए एंड आज आप इनकम उनके सामने देख सकते हैं पांच लोगों से तो इतनी इनकम नहीं हो सकती थी ना समझे इस बात को आपको रियल लाइफ में मार्केट प्लेस में कैसे कैप्चर करना वो आपको हैं अगर आपको लगता है आप किसी सीखेंगे कैसे कर पाएंगे तो दिलीप के बारे में सुनिए दिलीप एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं इनके पेरेंट्स किसान हैं ठीक है लेकिन ये केवल ये सोच के आए थे कि यार कुछ सीखने को मैं रेडी हूँ कुछ नया सीखना चाहता हूँ साढ़े लाख रुपए की इनकम कमाई मात्र बारह महीने में बाइक ली घर वालों के लिए बहुत सारी यार चीजें कर चुकी नंबर थ्री अगर आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है तो सुनिए स्टोरी रॉबिन की रॉबिन जब आए थे इनके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था क्योंकि टेंथ के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे कई साल जॉब किया बिजनेस किया मल्टीपल चीजें ट्राई की बहुत नुकसान हुआ 10 लाख का कर्जा लेकिन यहाँ पे आए 12 महीने में 12 लाख से ज्यादा रुपए आज कम्पलीटली डेट फ्री है अपना खुद का स्टार्टअप भी लॉन्च कर चुका क्यों हो पा रहा है पता है आपको क्योंकि इन्होंने समझा कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है मेरी सोच प्रॉब्लम आप ही बताइए आज अगर आपके पास पैसा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है उसको तो सॉल्यूशन तो यही है ना कि कहीं ना कहीं से पैसा कमाया जाए और पैसा कमाने के लिए कुछ सीखना तो पड़ेगा प्लेटफॉर्म तो चाहिए जो दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है वो भी इतनी सी अमाउंट में जितना मैं आप बर्थडे पार्टी एक सूट या एक नो मोबाइल फ़ोन खरीदने में कर देता भगवान ना करे जिस मोबाइल फ़ोन पर आप वेबिनार देख रहे हो अगर वो खराब हो जाए टूट जाए तो नया फ़ोन नहीं लोगे लोगे अच्छा कब लोगे एक साल बाद नहीं थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा ऐसा नहीं कब लोगे अच्छा कले ही ले लोगे कौन देगा पैसे पापा मम्मी ओके अभी तो बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की वो पैसा भी तो पापा मम्मी से आ रहा है तो वो पैसे की प्रॉब्लम आप नहीं झेल रहे हो तो दोस्त वो पापा ज्यादा झेल रहे हैं मम्मी ज्यादा झेल रहे हैं ना? इस माध्यम से बिज गुरुकुल से आप उनके लिए हेल्प कर सकते हो आप एक बार अपनी लर्निंग पे पैसा लगा रहे जो वो ऑलरेडी दे रहे हैं एजुकेशन के लिए ट्यूशन के लिए आपके पे कर रहे है ना क्या उसके बाद भी कोई गारंटी आज के टाइम पे एक अच्छे फ्यूचर की नहीं ना लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आप जो स्किल्स गेन कर रहे हो उस स्किल्स से चाहे आप जॉब ले सकते हो फ्रीलांसर बन सकते हो बिजनेस कर सकते हो हमारे साथ भी ग्रो कर सकते हो ये बात रॉबिन ने समझी दोस्त कर्जा चुकाने तो पैसा तो कमाना पड़ेगा मैत्री का जॉब करती थी पहले इंश्योरेंस सेक्टर में सात महीने में साढ़े तेरह लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कैसे केवल दिन के तीन घंटे काम करती थी शुरू में फोर्टी डेज में एक लाख की इनकम हुई जॉब छोड़ दी फुल टाइम आगे सिंगल मॉम है आज अपनी बच्ची को ज्यादा टाइम दे पा रही है और रिजल्ट आपके सामने तो दोस्त अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना टाइम आप निकाल लेते आपको भी बताया आई पी के लिए टाइम निकल सकता है नेटफ्लिक्स के लिए टाइम निकल सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए आप जानते हैं टाइम निकल सकता है तो अपने ड्रीम्स के लिए तो निकल ही सकता है और जब ड्रीम्स की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है नहीं सपने तो मेरे बड़े हैं लेकिन मेरी उम्र अभी छोटी है अभी से मैं कैसे कोई चीज फैसला खुद ले सकता हूँ तो जिंदगी के कितने ऐसे फैसले हैं जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप खुद ले रहे हो उसमें तो किसी से नहीं पूछते और आज जब कोई अच्छी चीज लर्निंग की बात आ रही है तो बीघी बिल्ली और बच्चे बन जाओगे क्या फायदा उसका दोस्त कोई इतना बड़ा डिसीजन तो है नहीं डिसीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको लर्निंग करनी है कुछ सीखना है that's it. ने यही वाली चीज समझी और रिजल्ट आपके सामने छह महीने में चार लाख से ज़्यादा की इनकम कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने समझा छोटा सा डिसीजन है भाई मैं ही लेता हूँ उसके लिए मुझे किसी के पास जाके पूछने की क्या जरूरत वेबिनार आपने देखा नॉलेज आपको ली आपने ली काम आपको करना है कोई तो दूसरे इंसान से पूछ के क्या फायदा जिसने वेबिनार देखा ही नहीं वो आपको क्या बता पाएगा तो मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है तो मैथ्स के टीचर के पास यानी उस इंसान से हेल्प लो जिसने जिसन तो तो समझा था अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो दिक्कत क्या है नुकसान तो कुछ है नहीं क्या बुरा हो जाएगा जो अमाउंट मिल रहा है उसमें तो इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं एक रुपया भी ना कमाओ मैं तो कहता हूँ मत करो क्या हो जाएगा फिलेट किए बिना भी आप इन कोर्सेज से फ्रीलाइंसिंग करके जॉब बिजनेस कुछ भी आप करके आप इतना ज़्यादा इससे भी ग्रो कर सकते हैं तो परिधि ने समझ लिया था यहाँ पे नुकसान तो कुछ भी नहीं है खोने को तो कुछ भी नहीं है तो क्यों ना फटाफट अन किया जाए किया और आज हफ्ते का एक एक लाख रुपए भी कमा चुकी सो so, दोस्तों सारी बातें आपके सामने दो ऑप्शन है या तो बहाने बनाओ या पैसा बनाओ अगर पैसा बनाना है तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ बिजली कम्युनिटी के अंदर आएं लर्निंग अपनी स्टार्ट करें बिकॉज हम इकलौता ऐसा इकोसिस्टम है जो इतनी वेराइटी ऑफ ट्रेनिंग्स आपको दे रहा है पूरी ओवरऑल लाइफ को डेवलप करने के लिए हम इकलौता ऐसा अफिलियट प्रोग्राम है जिसपे इतना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कमीशन है हम इकलौती ऐसी ट्रेनिंग कम्युनिटी है जहाँ पे आके आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं हम इकलौता ऐसा प्रोग्राम है हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास ऐसे शानदार रिजल्ट है वो भी हर एक एज ग्रुप और हर एक सिटीज से वट आर यू वेटिंग फॉर हम रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके ड्रीम्स के लिए हम सीरियस हैं कि आप सीरियस हो अगर हो तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो उस इंसान को जिसने आपके यहाँ पे इनवाइट किया है एंड बिल्कुल भी यह मत सोचना कि मैं इनवाइट करूंगा तो वो मुझे कन्विंस करेगा नहीं करेगा दोस्त उसको जरूरत नहीं है आपको कन्विंस करने की पैंतीस रुपए के लिए वो आपको कन्विंस करने नहीं बैठ अगर आप अपने सपनों के लिए खुद रेडी नहीं हो खुद कन्विंस नहीं हो हमें क्या जरूरत है आपको कन्विंस करने की हम <laughs> आपको केवल सही इन्फॉर्मेशन देंगे आपके क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे क्योंकि अकेले बैठोगे भी तो केवल क्वेश्चन आएंगे दिमाग में आंसर तो मिलेगा नहीं तो बेटर है जिसने आपको इनवाइट किया उसके साथ कॉल पे आए दस मिनट बातचीत करें सवालों के अपने आंसर लें आंसर मिले गुड करो एंड नहीं मिल रहा मत करो कोई दिक्कत की बात नहीं कोई जबरदस्ती थोड़ी है आपकी लाइफ है यू आर गुड इनऑफ आप इतने समझदार हैं कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अगर आप डिसीजन लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ लर्निंग एंड सपोर्ट आपको जबरदस्त मिलेगा अर्निंग आपकी मेहनत पर होगी उसी के लिए आपको आना है मेहनत करने के लिए रिजल्ट हंड्रेड आपको मिल सकते हैं सिस्टम इतना बड़ा So थैंक यू सो मच फॉर बिंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन का संडे है बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग हम कर रहे हैं आप भी उसका पार्ट बने बहुत कुछ आपको सीखने के All the very best। Bye bye.